हाय दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ को आधुनिक मानव रहित विमान के विकास में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है डीआरडीओ के ऑटोनॉमस लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर की पहली फ्लाइट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है इस एक्सरसाइज को शुक्रवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनाटिकल टेस्ट रेंज में अंजाम दिया गया है मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमेड एरियल व्हीकल को ऑटोनोमस लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर कहा जाता है ये विमान पूरी तरह ऐसी ऑटोनॉमस मोड में ऑपरेट होता है एयरक्राफ्ट ने एक सफलता पूरक उड़ान का प्रदर्शन भी किया है जिसमें टेक ऑफ वे प्वाइंट नेविगेशन और एक स्मूथ टच डाउन शामिल है ये एयरक्राफ्ट आगामी बिना पायलट के चलने वाली विमानों के डेवलपमेंट की दिशा में एक मील का पत्थर है यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जरूरी कदम भी है डीआरओ की इस उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता ही है और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए धन्यवाद